गाइस कैसे आप लोग आई होप सब बढ़िया रहेंगे कल की तरह आज फिर से इस जगह पर आगे खड़ा हो गया हूँ तो कुछ ऐसा इधर बैकग्राउंड में लुक देख रहे हो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब तो यहाँ पे शांति रहती है और इसलिए मैं यहाँ पे आके वीडियो अपना ब्लॉग शूट करता हूँ और उसके बाद और कल का कुछ चैनल का कुछ भी पता नहीं चला है कैसे होएगा और लैपटॉप रहता तो पता चल जाता क्योंकि चैनल यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया हमेशा के लिए डिलीट कर दिया परमानेंटली डिलीट कर दिया ये पता चल गया क्योंकि जो मेल आई से मैंने किया था ना वो मेल आई पे है पर चैनल नहीं दिख रहा है मतलब कि चैनल सिर्फ डिलीट हुआ है मेल आईडी है अगर मेल आईडी भी चली जाती तो फिर मतलब कि वे किसी ने हैक किया है, मेल आईडी है अगर चैनल चला गया है तो फिर मतलब YouTube ने खुद ही उसको टर्मिनेट कर दिया तो अभी मुझे खुद ही जो है इसी वाले चैनल पे काम करना पड़ेगा जैसे उस वाले लास्ट टाइम चैनल पर मैंने काम किया था वैसे तो इस तरह यहाँ पर भी थोड़ी अभी ट्रक जा रही तो आवाज़ आ रही थी इतना ज़्यादा टूट गया हूँ मतलब मैं दिखा बता नहीं सकता हूँ मतलब वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या हूँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बहुत बड़ी चीज़ अचीवमेंट हो, हो दी अपनी और अभी धीरे धीरे से इसी चैनल पे काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं अभी तो इस पर भी मेहनत करूँगा जैसे मैंने चार साल उस वाले चैनल पर मेहनत करके की थी वैसे वैसे इस पर भी करना पड़ेगा उसका नाम ही सेफ द राइडर था उस चैनल सर्च कर रहा हूँ तो द यू के राइडर आ रहा है पर द ट्वेंटी राइडर आ ही नहीं रहा है उसका वीडियो ना चैनल कुछ भी नहीं दिख रहा है और सब खत्म हो गया और अभी लैम्बोर्गिनी के लिए मैंने भाई से बात करनी थी पर किया नहीं भूल गया कल जो तो ज़्यादा टायर्ड हो गया था उस चक्कर में जाके मैं डायरेक्टली सो गया तो अभी यहाँ का बहुत अच्छा रिव्यू है और इसलिए मैं यहाँ के वीडियो शूट कर लिया और एक और चीज़ सबको बोलना है कि जो है इस चैनल पर उस वाले चैनल पर अगर जो जो था अभी तो कुछ कर नहीं सकता अगर वो चैनल था तो एक छोटा सा वीडियो उस डालता तो यहाँ पर अच्छे खासे सपोर्ट दिखते पर अभी कुछ नहीं हो सकता फिर अभी जो है अपना ही है तो अभी आप लोग जो प्यार दिखाओगे वही रहेगा तो आप लोग सपोर्ट करो वीडियो शेयर करो सब्सक्राइब करो अपने भाई बहन जितने दे सबके फोन पर सब्सक्राइब करो धीरे धीरे इसको कम से कम टेन के सब्सक्राइबर जाएंगे उस, उसके बाद ही मैं कुछ पर, कर सकता हूं तो ये चैनल गिव अभी होगा कि नहीं होगा क्योंकि अभी ये लास्ट ऑप्शन है मेरे पास यही मैं चलाऊँगा और उसके बाद दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो फिर चलते पता कर सको और शाम को जम्मू का भी आपको अपडेट देता हूँ तो आज तो फिर से बात करके आपको बताता हूँ कि भोपाल अपने को कब जाना है ये ये मन तो नहीं जाने वाला मई मई में ले जाऊँगा जून में भी शायद नहीं जाऊँगा जुलाई में बर्थडे के दस दिन पहले जाऊँगा मतलब एक जुलाई को मैं यहाँ से निकलूँगा भाई को अगर ये व्लॉग में भेजूँगा तो भाई देख के मालूम कर जाए तो चलते फटाफट से वीडियो की क्लिप भी बहुत बड़ी होती है तो शाम को मिलते मैंने जो से निकला तो मैं यस भाई से बात किया तो यस भाई ने बताया कि जो उन्होंने लम्बों की बनाई थी ना वो जो है किसी को दे दिए तो बोले कि अगर तुम आओगे तो बोलो जिससे जिसको मैंने दिया उससे मैं लेके आपके वीडियो के लिए मंगा लेता और आप आप भी देख लोगे आपकी ऑडियंस भी देख लेंगी मैं बोला ऑडियंस क्या देखेगी जो अपना मेन चैनल था वो तो डिलीट ही हो गया यूट्यूब ने डिलीट कर दिया तो बोले तो भी क्या हुआ दूसरा चैनल पर जो जो चला रहे हो उस पर डाल देना तो मैंने बोला ठीक है देखते अभी अगर मन किया तो जाएंगे अभी मन नहीं कर रहा है तो बहुत पसीना हो रहा है यार आज तो जो है तो जो है जब ही है उन्होंने बोला ना कि आ जाओ दिखा देना अपना तो मैं बोला ठीक है देखते अभी अगर मन किया तो जाएंगे नहीं मन किया तो नहीं जाएंगे तो मन सा नहीं कर रहे क्योंकि जब से चैनल चला ना आपके फेस आप तो ऐसा देख रहे हो जैसे एकदम मैं खुश हूँ एकदम मस्त ज़िंदगी चल रही पर अंडा से मुझसे पूछो मेरी क्या हाल हो रखी है तो अभी क्या बोले जो हो गया सो होना जो होना था वो हो गया तो अभी अगर आप इस चैनल को मुझे सपोर्ट करो और अच्छा से मुझे एक बार प्यार दिखाओ तो कुछ कर सकते तो उम्मीद है ये ब्लॉग पसंद आया वो तो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो तो ये इधर ख़त्म करते हैं